नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का स्पोर्ट मार्केट जी के इस नए वीडियो में आज हम बात करेंगे टीम इंडिया और साउथ अफ्रीका के बीच हुए वनडे टेस्ट मैच में के बारे में तो चलिए जानते हैं आज वनडे टेस्ट मैच में क्या हुआ है हुआ यह है कि लगातार हार से टीम इंडिया काफ़ी निराश है पहले टेस्ट सीरीज में साउथ अफ्रीका दो मैच जीतने के बाद अब वन में दो मैच जीत चुकी है ओ सेकंड डे मैच में हारने के साथ वनडे सीरीज भी गवा चुकी है टीम इंडिया हालांकि सेकंड वनडे में मैच टीम इंडिया ने काफी अच्छा स्कोर किया भारतीय टीम ने दो रनों का लक्ष्य अफ्रीका के सामने दिया फिर जब दक्षिण अफ्रीका की बारी आई तो मैदान दक्षिण अफ्रीका की टीम मैदान में उतरी तो यह दो का लक्ष्य अफ्रीका ने आसानी से टारगेट कर लिया और साउथ अफ्रीका की टीम ने दो रन 48 ओवर में ही बना लिए टीम इंडिया से यह बाजी भी जीत ली भारतीय टीम ने इस सीरीज़ में बड़ा संघर्ष किया इसमें शिखर धवन उनतीस रन में आउट हुए फिर विराट कोहली बिना खाता खोले जीरो पर ही आउट हो गए लेकिन के.एल. राहुल ने अच्छी अपनी कप्तानी पारी खेलते हुए जबरदस्त अर्धशतक लगाया लेकिन लंबी पारी नहीं खेल सके और 55 रन बनाकर आउट हुए जबकि तीन टॉप के बल्लेबाज विकेट गिरने से टीम इंडिया काफ़ी दबाव में खेलने लगी थी मध्यक्रम में ऋषभ पंत ने टीम को संभालते हुए 85 रन की पारी खेली लेकिन पान पाँचवें नंबर और छठवें नंबर पर आए अय्यर ब्रदर्स ने टीम को काफ़ी निराश किया लेकिन ठाकुर और अश्विन ने 25 और 45 रन टीम को दिए इस मैच में भारतीय गेंदबाजों ने अपना कोई भी जादू दर्शकों को नहीं दिखाया पाए और टीम इंडिया विकटों के लिए तरस गई तथा इसी का फायदा दक्षिण अफ्रीका को हुआ और साउथ अफ्रीका सेकेंड वनडे टेस्ट मैच में विजय पाने में सफल हुए इसी के साथ दक्षिण अफ्रीका ने भारतीय टीम से यह सीरीज भी छीन ली है